तो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके सामने फिर से आज ही नई इन्फॉर्मेशन लेकर नई नोटिफिकेशन लेकर नई जॉब के डिटेल लेकर तो आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों डी टी की रिक्वायरमेंट है दोस्तों ड्राइवर की एसओ की असिस्टेंट की तो दिल्ली में डी बस की जो रिक्वायरमेंट है जो बहुत टाइम से दोस्तों पेंडिंग पड़ी हुई थी और आज ये बड़ी अपडेट है जो कि नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को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 रिलीज़ कर दिया गया है आप सभी के लिए तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें तो देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट यहां पर रहने वाली है तो डी की रिक्वायरमेंट है दोस्तों 2022 की इस साल की बहुत बड़ी वैकेंसी जो है निकल के आ रही है आप सभी के लिए तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से वैकन्सी जो है रिलीज़ कर दी गई है और डी इसको कहते हैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म के अंदर कैसे कि आप सभी को पता है ठीक है फिर भी मैं बता देता हूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर मैं इस ऐड को पहले हटा देता हूँ उसके बाद आप देखना तो पोस्ट का नेम है यहाँ पर वेरियस पोस्ट मतलब कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्टें यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं आप सभी के लिए तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें जो टोटल नंबर ऑफ़ वेकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं 500 सौ प्लस वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं आप सभी के लिए और सैलरी पेज के अलावा का यहाँ रहेगा पोस्ट वाइज जैसे कि जिस तरीके की आपको पोस्ट यहाँ पर मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर सैलरी यहाँ पर रहने वाली है जो भी लोकेशन रहेगी न्यू डेली के अंदर दिल्ली के अंदर वैकेंसीज़ है तो डेली ट्रांसपोर्ट है तो दिल्ली के अंदर आपको कहीं भी लोकेशन यहाँ पर दी जा सकती है ठीक है दोस्तों मोड ऑफ़ अप्लाई यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा कंप्लीट प्रोसेस आपका यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाला है जो कैटेगरी रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट जॉब है ये ठीक है दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है यहाँ पर पे स्केल आपको बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है और ये परमानेंट वैकेंसी जो है यहाँ पर रहने वाली है और यहाँ पर हम प्रोसेस भी देखने वाले हैं कि आपका यहाँ पर सलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट है डी तो इस वेबसाइट पर जाके भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये वेबसाइट है और मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे भी इस ग्रुप ग्रुप में इसे जो लिंक है इसको डाल दूंगा तो वहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पर फ़ीस कोई भी नहीं रखी गई है बहुत बड़ी बात है यहाँ पर दोस्तों द, द, जो दिल्ली है आपसे फीस नहीं लेगा इस बार तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं पोस्ट के नेम यहाँ पर फीमेल ड्राइवर और फीमेल ड्राइवर की यहाँ पर पोस्ट हैं इकत्तीस मई लास्ट डेट है इकतीस मई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन ऑफिसर की जो वैकन्सीज यहाँ पर है बारह अप्रैल तक आप फॉर्म स्टार्ट है बारह अप्रैल से फॉर्म जो है एक्टिव हैं बारह अप्रैल से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की ग्यारह मई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं शाम पाँच बजे तक अगली पोस्ट है असटेंट के लिए जो आप अप्लाई करेंगे अठारह अप्रैल से जो फॉम है जो एक्टिव हैं चार मई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आज इसकी लास्ट डेट है ठीक है दोस्तों तो चार मई आज है तो आज तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो आगे देख लेते हैं हम पोस्ट का नेम जो फीमेल ड्राइवर है जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर फीमेल ड्राइवर के लिए रखी गई है नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर डिस्कलोज नहीं किया गया है क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है टेंथ प्लस प्लस हैवी मोटर व्हीकल का डी आपके पास होना चाहिए ये कंपलसरी है एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 50 साल तक के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं इससे कम वाले एज कैंडिडेट की अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दोस्तों सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ यहा यहाँ पर दो तो वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली है और क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेंगे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल यहाँ पर मांगा गया है ठीक है दोस्तों अगर आपके पास है तो इस सेक्शन ऑफिसर के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 मांगी गई है 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगली पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर सिविल यहाँ पर आठ वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं और आगे देख लेते हैं डिप्लोमा यहाँ पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर मांगा गया है मैक्सीम एज यहाँ पर पैंतीस साल तक के आप तो आप इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं आगे देख लेते हैं असटेंट फोरमेन की जो वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है आर एंड एम आर uh, की 112 सौ बारह यहाँ पर रहने वाली हैं और डिप्लोमा मांगा गया यहाँ पर ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस टू ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं 18 से 35 साल तक अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट फोर के लिए ठीक है दोस्तों हाँ uh, आप देख लेते हैं असटेंट फिटर आर की जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर वन वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं ITI in related field आपके पास ITI का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना यहाँ पर चाहिए यहाँ पर वो मांगा गया है ठीक है दोस्तों मैं ये बड़ा कर देता हूँ मैं आपको साफ दिख रहा आगे देख लेते हैं असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की जो वैकन्सीज है यहाँ पर 70 वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं और ITI in related field और 18 से 25 साल तक के ट्वेंटी फाइव के अगर कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा स्किल टेस्ट होगा आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा तो स्किल टेस्ट होगा स्किल टेस्ट के अंदर आपका जाइविंग है आपसे ड्राइविंग करवाई जाएगी जब आपकी ड्राइविंग की जो होगा तो आपसे ड्राइविंग करवाई जाएगी सिम्पल सी बात है उसके बाद आपका डी होगा देन आपका मेडिकल होगा उसके बाद जो आपके वैकन्सीज है रिक्वायरमेंट है आपको अलाट कर दी जाएगी और ये आपको दिल्ली में ही आपकी जो वैकेंसी है आपको मिलने वाली है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई कैसे करने के लिए वो देख लेते हैं अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई करेंगे नोटिफिकेशन पूरा रीड कर लें उसके बाद अप्लाई लिंक पे जाकर फॉम को अप्लाई करें और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके क्वालिफिकेशन वाले अपलोड करें उसके बाद अप्लीकेशन फॉम फिल करें अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर कार्ड सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें पेमेंट फीस करने के बाद पेमेंट फीस इसमें नहीं है तो ये अच्छी बात है पेमेंट फीस करने के बाद आपका जो फॉर्म जो अप्लाई हो जाएगा और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आपके पास कॉल या मैसेज आएगा मेल आएगा आपके पास ठीक है दोस्तों तो ये बड़ी वैकन्सीज़ है जो कि बहुत टाइम बाद आई थी दोस्तों आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी बहुत जरूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो